सागर में एक पुलिसकर्मी के उत्पात मचाने की खबर सामने आई है जहां एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में तीन साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की और पैसे भी छीन लिए सभी ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे जहां ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है जयसिंह थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में पानी की टंकी निर्माण का कार्य किया जा रहा है जहाँ मजदूर दोपहर के समय निर्माण कार्य कर रहे थे तभी जयसी नगर थाने में पदस्थ आरक्षक रघुराज धुर्वे अपने तीन अन्य साथियों के साथ शराब के नशे में पहुंचा और किसी चैन सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में पूछने लगा जब मजदूरों ने कहा कि वह किसी चैन सिंह को नहीं जानते तो उस पुलिसकर्मी ने मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की यहां तक कि मजदूरों का कहना है की आरक्षक ने उनके पास से बारह सौ भी छीन लिए हम लोग फर्स फिर सर जाए थी गाड़ी थी थी। देखे। जाए। देखे। सम भी नहीं किसी में पूरे आदमी आ गए जे में तुम चयन सिंह से बताओ हम लोग सर हम कहाँ पर रहें हमें नहीं मन माँ हमें हम लेकिन तो दवाई कर फिर वो बवाई जी आ गए सर पूरी आ गई एक तरफ से फिर उन्होंने हमें बचाओ डाल न खत्म कर दूसरी उसे चयन सिंह को पता है क्या घटनाक्रम तो तो के के के हुआ और आप यहाँ पर क्या काम करती थी मैं टंकी और पाइप लाइन देखता हूँ इधर जय श्रीनगर बिलहरा सुप्टी तक मेरा एरिया है काम देखने का और मेरा पाठा में नहीं रामपुरा रामपुरा गाँव में मेरा टंकी का काम चल रहा था तो हम लोग गए लेबरों को बताओ था क्या थे कैसे काम करना है तो ये लोग अपना काम कर रहे थे और दो दो लोग बाइक से गए नहीं चार लोग दो बाइक से गए वहाँ पे कौन कौन था उसमें पहचानते हैं नहीं पहचान तो लेबर पहचान लेंगे लेबर देखे हैं उसमें कौन था साधारण व्यक्ति थे को कोई तीन साधारण थे एक वर्दी से था अच्छा पुलिस थे हाँ पुलिस से थे और लेबरों को वो झगड़ा उगड़ा मार कर रहे थे पैसा वैसा भी लिए है के बाद पुलिसकर्मी और उसके अन्य तीन साथियों ने एक स्थानीय डॉक्टर जो कि रामपुरा गांव में किसी महिला का इलाज करने जा रहे थे गाँव की, की महिलाएं और अन्य ग्रामीण आ गए तब जाकर पुलिसकर्मी और तीन अन्य साथी वहां से भाग निकले इसके बाद महिलाओं सहित ग्रामीण और मजदूर जयसी नगर पुलिस थाना पहुंचे जहाँ उन्होंने पुलिस वालों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट करने और रुपए छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं गौरतलब है कि जयसिंहर थाना क्षेत्र में 4 मई को गैंग रेप का मामला सामने आया था जिसमें मुख्य आरोपी चैन सिंह अब तक फरार है जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है आ, इस तरीके का आया है मामला सा, आ, सामने एक मामला आया है जो जमुनिया रामपुरा गाँव है वहाँ पे जो हमारा आरक्षक है रघुराज वो है यहाँ का एक प्रकरण है जिसमें एक आरोपी चैनसिंग फरार है उसी मामले में वो अपने दो अन्य साथियों के साथ में पूछताछ के लिए गया हुआ था उसको कुछ ऐसी शंका हुई थी कि जो डॉक्टर हैं वो चैनसिंग का जो है इलाज करते हैं इसी कारण से वो उनसे पूछने के लिए गया हुआ था तो उसमें डॉक्टर से बहस हुई और उसके साथ में डॉक्टर के साथ में इन इन लोगों ने अभद्रता की और उसके बाद में जो है वहाँ की जो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई उन लोगों ने भी इनके साथ में जो हमारा आरक्षक है उसके साथ में भी कुछ मारपीट वगैरह हुई है बाकी दोनों पक्षों की जो है मेडिकल करा दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवध कर, करा दिया गया है